मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पन्ना में आवास योजना में लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों से नाराजगी जताई वर्चुअल बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन ने आवास योजना की आ रही शिकायतों का निराकरण करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीसी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पन्ना जिले में संचालित विकास कार्यो और कानून व्यवस्था की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आवास योजना की आ रही शिकायतों का निराकरण करें। मेरे पास जो जानकारी आई है उनमें अनुचित मांग की शिकायत है देखो क्या है जांच करो और रिपोर्ट दो क्या कार्रवाई की मेरे पूछने का मतलब सीधा है की कहीं भी कोई भी अनुचित राशि न मांगे जो मांगे उसे शासकीय सेवा ऐसी से बर्खास्त करे और प्रभारी मंत्री स्थानीय मंत्री विधायक भी बैठे ये समीक्षा महीने में एक बात करें पूरी कि किस चीज के कितने लक्ष्य हमारे तय थे कितने हम प्राप्त कर रहे हैं कहीं अगर गड़बड़ियों की शिकायत है तो किसी भी हालत में गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ना है कोई भी हो उसको तो बिल्कुल क्रस करना है सीधे चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए उसमें कोई बाधा है तो उस बाधा को खत्म करें, दूर करें, और तो लैंड ऑर्डर में के प्रति जीरो टॉलरेंस छोड़ना नहीं है किसी को। सीएम को बताया गया कि आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2021 के बाद 10,000 आवास स्वीकृत हुए हैं उनमें बासठ प्रतिशत पूरे हुए हैं, शेष पर काम चल रहा है इस पर सीएम ने पूछा कि बाकी के काम पूरे क्यों नहीं हुए क्या कोई दिक्कत है इस पर कलेक्टर ने बताया की जियो टैगिंग की दिक्कत आई है मार्च में नए छह आवास स्वीकृत हुए है इसलिए भी लेट हुए हैं सीएम ने समय सीमा में आवास योजना का काम पूरे करने के निर्देश दिए आवास योजना के कार्य को कमिश्नर भी देखते हैं कि नहीं क्या दिक्कत है चार महीने तक जियो टैगिंग चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा कलेक्टर आपके पास या तो जानकारी नहीं है या बता नहीं पा रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है सीएम ने कहा की एडोप्ट आंगनबाड़ी में पन्ना ने अच्छा काम किया है इसके लिए बधाई कैसे और तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़े और जन कल्याण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें उसको तेजी से और सबको एक्टिव रहना अकेले कलेक्टर को नहीं जितने डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अफसर हैं उनको पूरी क्षमता के साथ काम करना है कोई चीजें बताई है विजेन्द्र जी ने बताई है पवई विधायक जी ने बताई पेयजल की और बाकी उन पे यहाँ गंभीरता से बात करके उसको तेजी से आगे बढ़ाते हैं वैसे जल जीवन मिशन ठीक से इम्प्लीमेंट तेजी से हम करेंगे पेयजल की समस्या तपात पालेंगे